रामगढ़ नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था किशन का परिवार एक लकड़हारे का परिवार था रोज सवेरे सवेरे किशन अपने पिता के साथ जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया करता लकड़ियाँ बेचकर जो धन मिलता उसी से उनका गुजारा चलता किशन पढ़ना लिखना नहीं जानता था और वो इतना चतुर स्वभाव का भी नहीं था इसलिए उसे कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया करता किशन का बाप अब बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था ऐसे में अब सारी जिम्मेदारी किशन के ऊपर ही आ गयी थी किशन बेटा अब तुम्हारे पिताजी इस काबिल नहीं रहे के वो तुम्हारे साथ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर ला सके अब तो जो करना है तुम्हे ही करना है बिल्कुल फिक्रो मैं खूब काम करूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा किशन की माँ भी कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि किशन बहुत भोला है लोग उसका बहुत आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। अगले दिन की सुबह सुबह किशन अकेला ही कुढ़ानी लेकर जंगल में लकड़ी काटने निकल गया बहुत मेहनत से किशन ने पूरे दिन लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर गया उस दिन ऐसी पहले किशन ने कभी भी लकड़ियों का सौदा नहीं किया था रुपए पैसे की बात हमेशा किशन का बाप ही किया करता था इसलिए किशन थोड़ा सा घबराया हुआ था लेकिन तभी एक खरीदार ने किसान ऐसी कहा अरे भाई लकड़िया बेचने के लिए लेकर आये हो गया यहाँ तुम नई दिखाई पड़ती हो हाँ आग साहब अभी जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ देखिए इनसे अच्छी लकड़ियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी अरे नहीं नहीं, नहीं ये लकड़ियाँ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तू बता रहा है इनसे बस धुआं धुआं ही निकलता है आग वाग नहीं जलती। कल गल तू एक काम करना पहाड़ी के पीछे वाले जंगल ऐसी लेकर आना लकड़ियाँ वहाँ की लकड़ियों का अच्छा दाम मिलेगा तुझे इनका तो मैं सिर्फ पच्चीस पैसे ही सकता हूँ किसान को लगा की शायद इतनी लकड़ियों का इतना ही दाम मिलेगा और वो उन लकड़ियों को खरीदार को बेच चल दिया किसन के जाते ही खरीदार ने वो सारी लकड़ियाँ पचास पैसे में दुकानदार को बेच किसन अब ज्यादा अच्छे लकड़ियों के चक्कर में जंगल में अंदर तक जाने लगा रामगढ़ के जंगल में इससे ज्यादा अंदर तक कभी कोई नहीं गया था किसन जंगल की गहराइयों में से ऐसी ऐसी ऐसी लेकर आता जिन्हें अच्छे से जला तो सकते थे लेकिन साथ ही साथ में उन लकड़ियों की मदद ऐसी बहुत ही उमदा किस्म के सामान भी बनाए जा सकते रामगढ़ के पास में ही एक शहर में मधु नाम की एक बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की रहती थी जिसे पुरानी चीजें की खोज करने का बहुत शौक था एक किताब ऐसी उसे रामगढ़ के जंगल में छिपे एक खजाने का नक्शा मिला बस फिर क्या अगले के दिन मधु रामगढ़ पहुँच गयी और वहाँ जाने के बाद मधु आसपास के लोगों से उस नक्शे के बारे में पूछने लगे मधु को लोगों से उस प्राचीन खजाने के बारे में बात करते हुए उसी गांव के एक बूढ़ी औरत ने सुना जिसके बाद उसने मधु से कहा अरे मैन साहब क्यों आप अपने आप अपनी मौत का बुलावा दे रही हो जहाँ ऐसी आई हो वही वापस चली जाओ अरे बढ़िया मुझे ज्यादा ज्ञान तो दे मत इस नक्शे का अगर पता हो तो मुझे बता वरना चुपचाप यहाँ से चली जा मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है तो मैं सिर्फ यहाँ का खजाना दिख रहा है लेकिन उस खजाने को लापाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस खजाने की गुफा के बाहर एक तांत्रिक की आत्मा पहरा देती है तो इतना डरने की क्या जरूरत है मैं खुद भा जाऊंगी और खजाना लेकर आऊंगी ठीक है बेटी अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्ची है तो मेरी एक बात ध्यान रखना वो तांत्रिक तुमसे तीन सवाल पूछेगा और अगर तुमने उसके एक सवाल का भी गलत जवाब दिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर अब मधु अंदर ही अंदर डरने लग गई थी अगली सुबह जब मधु रामगढ़ में घूमने के लिए निकली तब उसने दो लोगों को बात करते सुना अरे भाई रामू जैसी लकड़ियां किसान लाता है वैसी लकड़ियां और कोई नहीं लाता और ना ही कोई ला सकता है हाँ बोलू भाई भला चंद रुपयों के लिए कोई क्यों उस बयावान जंगल में इतनी भीतर तक जाएगा ये तो किसन ही थोड़ा कम दिमाग ठहरा मधु ये सब सुनकर सोचने लगी चल बेटे मधु अब ये किसन ही मदद करेगा तेरी खजाना लाने में वही अब किसन की माँ भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी उस बेचारी ऐसी तो दो वक्त का खाना तक नहीं बनाया जा रहा था किसन भी अपनी लाचार माँ के इस हालत को नहीं देख सकता था इसलिए किसान ने अपनी कहा माँ आखिर कब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे क्या हमारी इस हालत को सुधारने का कोई तरीका नहीं बेटा अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची है कि मैं अब खाना बना सकूं और घर का काम कर सकूं अब तू तो एक काम कर अब तू तो अपना ब्याह कर ले किशन और उसकी माँ की सारी बातें मधु छुप सुन रही थी अब मधु को किशन के घर में घुसने का रास्ता मिल गया था लेकिन वह अब भी इस सोच में थी आखिर किसन की माँ से कैसे मिला जाए ऐसे तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी तभी मधु अपनी गाड़ी लेकर दीनू के घर गई। दरअसल दीनू रामगढ़ में रहने वाला एक ऐसा आदमी था जो लोगों के रिश्ते कराया करता था दीनू के घर पहुँचते ही मधु ने दीनू से कहा अरे तीनू जी आखिर कब तक ये दो चार रूपए की दान दक्षिणा लेकर काम चलाते रहोगे अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें पूरे एक लाख रूपए दूंगी दीनू मधु की बात तो सुन रहा था लेकिन दीनू का ध्यान अभी मधु के हुस्न को निहारने में लगा था अरे दीनू जी कहाँ खो गए कहीं नहीं मन था बस कुछ सोच रहा था क्या सोचने में लगे हो एक लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है वो बात तो आपकी ठीक है लेकिन मैं कुछ और भी चाहता हूँ दरअसल मैं आप सी बात दीनू को बताई और उससे अपना रिश्ता किशन से कराने को कहा अगले दिन मधु और दीनू किशन के घर के लिए निकल पड़े किशन के घर जाते ही दीनू ने किशन की माँ से कहा अरे माँ जी ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप खुश हो जाओगी बस ये समझो आपके तो भाग ही खुल गए नमस्ते माँ जी मेरा नाम मधुबाला है और मैं पास के ही गांव रायगढ़ में रहती हूँ इस अनाथ को अपनी बहू बना लीजिए माँ जी हाँ हाँ माजी मधु घर का सारा काम भी जानती है किशन भी मधुवाला से शादी करने के लिए राजी हो गया बस फिर क्या अगले दिन मधु और किशन की शादी कर दी गई और अब मधु बहू बनकर कर किशन के घर में आ गई। मधु ने किशन के परिवार का दिल जीतने के लिए खूब मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया एक दिन मधु ने किशन से कहा अजीत सुनिए आज आपके साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए अरे तुम क्या करोगी मेरे साथ जंगल चलकर तुम यही घर में रहो और वैसे भी मेरा पता नहीं मैं कितनी देर से घर वापस लौटूंगा नहीं नहीं आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली मुझे जाना है मतलब जाना है किशन भी अब मधु के इतना कहने पर मधु को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया किशन इस बात ऐसी अब तक अनजान था की मधु उसके साथ क्यों जा रही है मधु खजाने के नक्शे के हिसाब ऐसी ही किशन को लिए चले जा रही थी तुम यही बैठो भगवान मैं यही पे लकड़ियाँ काट लेता हूँ यह, यहाँ क्यों अभी और आगे चलिए ना अच्छी लकड़ियों के लिए जंगल की गहराइयों में जाना ही पड़ता है किशन भी मधु की बात का यकीन करके जंगल में और अंदर की तरफ बढ़ने लगा मधु और किशन अब उस खजाने की गुफा तक पहुंच चुके थे अरे ये गुफा कैसी जंगल की गहराइयों में ये गुफा तो आज मैंने पहली बार देखी है कितने में गुफा रक्षा करने वाला तांत्रिक मधु और किशन का सामने आया इतना बड़ा जंगल छोड़ कर मैं मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए आया हूँ यहाँ तो आ गए हो लेकिन अगर मेरे तीन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो लकड़ियां नहीं हड्डियां कटेंगी तुम दोनों की ठीक है फिर पूछो तुम अपने तीन सवाल सवाल नंबर एक लड़का सबसे अच्छा किसका होता है सवाल नंबर दो दांत किसका सबसे अच्छा होता है सवाल नंबर तीन खूबी कौन सी सबसे अच्छी होती है आंतरिक तो सवाल कहकर चुप हो गया लेकिन अब मधु और किशन चक्कर में पड़ गए थे फिर कुछ सोचकर कर किशन ने जवाब देना शुरू किया हरे तो तांत्रिक तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है गाय का लड़का तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है दांत हल्का सबसे अच्छा होता है और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है हिम्मत हिम्मत खोपो में सबसे बढ़कर है सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता जो तुम ये बोल रहे हो इसे साबित तो, तो, तो करके दिखाओ पहले गाय का बेटा यानी बछड़ा इसलिए सबसे ज्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी को हल्दे जोत कर किसान अनाज बोता और उगाता है यदि बछड़ा बड़ा होकर बैल न बने तो जमीन कैसे बेच जा सकती है बात हल्का इसलिए अच्छा होता है की उसी के द्वारा जमीन जो बोई जाती है और हिम्मत हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है जो बहुत बहादुर है किन्तु उसमें हिम्मत नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता किसम के जवाब सुनने के बाद तांत्रिक ने किसान से कहा अद्भुत लकड़हारे अद्भुत इन वर्षों पुराने सवालों के जवाब आज तुमने मुझे सही दिए हैं और मैं भी अब तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ इस रहस्यमय गुफा में बेसकीमती दौलत वीरान पड़ी है तुम्हें जितने धन की जरूरत हो तुम यहाँ ऐसी ले जा सकते हो ऐसा सुनकर किशन से ज्यादा मधु खुश थी ज्यादा देर न करते हुए अब मधु और किशन गुफा में जाने लगे गुफा में बढ़ते ही दोनों ने देखा कि करोड़ों का खजाना ऐसे ही पड़ा है जैसे मानो ये कोई कूड़ा कबाड़ा हो इतने में ही मधु ने किशन की कुल्हाड़ी गुफा में ही कहीं छिपा दी और किशन से कहने लगी अरे आपकी कुल्हाड़ी कहाँ दिख नहीं रही आप कुल्हाड़ी ढूँढिये मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ ऐसा कहकर मधु गुफा ऐसी बाहर चली गयी वही गुफा ऐसी कुछ दूरी आरोप दीनू मधु की कार लिए मधु का इंतजार कर रहा था मधु दीनू पास गई और दोनों खजाने की बोरी लेकर रामगढ़ से दूर निकल गए वहीं किशन गुफा के बाहर ही मधु का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते अब रात भी हो चली थी इधर अपने एक लाख रुपए के चक्कर में उत्सुक था अरे मधु लाओ यार मेरे पैसे मुझे दो और अलविदा कहो हाँ बाबा अभी देती हूँ जैसे ही बोरा खोला वह है हैरान हो गयी क्यूँकी उस बोरे में सोने चांदी की जगह अब पत्थर और रेत पड़ा था जिसे देख मधु और देनू के पैरों तले जमीन खिसक गयी दरअसल दोस्तों तांत्रिक ने किशन के जवाबों ऐसी खुश होकर कहा था की जितनी जरूरत हो उतना धन ले जा सकते हो लेकिन मधु ने अपनी जरूरत से ज्यादा दर बाहर से ले लिया और जिसकी वजह से मधु के हाथ कुछ भी न लग सका